वह कौन सी संख्या है जिसे अपनी आधी संख्या से गुना करते हैं और उसमें बत्तीस जोड़ने पर वह एक हो जाती है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी चौदह आप अपना जवाब